बना दे मैं मत रोक गेर। एक ऐसा गेयर है वसीम विदेशी कंपनी की गाड़ी है क्या बड़ा मुलायम गेयर दे रही है कंपनी नाजिम कार का गेयर डाल यार मेरा गेयर मत डाले